तो मेरे पास एक डेटा समरी है और ये डेटा समरी एक्सेल पे एज एक ए डेटा फॉर्मेट में है लेकिन मुझे किसी और जगह या किसी और रिपोर्ट में एक छोटे से एरिया में इसको फिट करना है तो छोटे से डेटा में फिट करने के लिए मुझे कॉलम छोटा करना पड़ेगा मैं कॉलम छोटा नहीं करना चाहता क्योंकि नीचे के एरिए में भी कुछ डेटा है सो मैं कॉलम छोटा नहीं करना चाहता तो मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करूंगा और यहाँ पेस्ट में पेस्ट एज ए पिक्चर कर दूंगा। तो ये क्या होगा एक ग्राफिक्स की तरह होगा एक ऑब्जेक्ट की तरह हो गया इसको हम छोटा करके कहीं भी फिट कर सकते हैं और एकदम डेटा की तरह लगेगा इसका यूज मेनली हम लोग डैशबोर्ड वगैरह में करते हैं किस तरह के डैशबोर्ड वगैरह में करते हैं तो मेरे पास एक डैशबोर्ड है मैं दिखा सकता हूं कि कहां पे इसका यूज करते हैं आ, नहीं नहीं ये नहीं है एक डैशबोर्ड में आपको दिखा रहा हूं कि कहां पे इसका यूज करते हैं यस राइट दिख रहा है तो यहाँ पे जो पार्ट दिख रहे है ना ये चीजें हमारे यहाँ पे है डेटा के अंदर यहाँ यह दिख रहा आपको एयरपोर्ट अब यहां इतना बड़ा था और मुझे चार्ट के नीचे इसको शो करना था और हमारे पास जगह भी कम था तो हमने इसको पेस्ट पेशे पिक्चर कर लिया हुआ है क्लियर है पेस्ट से पिक्चर कैसे करते हैं